उच्च न्यायालय के आदेश के बाद सिंगरौली में प्रशासन ने एनसीएल के बासठ मकानों पर बुलडोजर की कार्रवाई की और अवैध कब्जे को हटा दिया इन मकानों की स्थिति बहुत जर्जर हो चुकी थी इस मौके पर सुरक्षा की दृष्टि से बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा सिंगरौली में एनसीएल की जमीन पर बने बासठ मकानों और जमीनों पर कुछ लोगों ने अवैध तरीके से कब्जा कर रखा था इन मकानों की स्थिति बहुत जर्जर हो चुकी थी जिसको लेकर कब्जा हटाने की सूचना दी गई लेकिन लोगों ने इसका विरोध किया बाद में उच्च न्यायालय के आदेश पर जिला प्रशासन और पुलिस की टीम ने बुलडोजर की मदद से बासठ मकानों को ध्वस्त कर दिया देखिए देखिये कॉलोनी थी पहले जिसमें लगभग बासठ कम मकान ऐसे थे, थे जो जिसमें अवैध रूप से निवास कर रहे थे और उसके खाली कराने के लिए कई बार से किया किया खाली लोग मकान जर्जर हो चुका था कभी भी गिर सकता तो ये ने गए थे और 5 जुलाई 2022 को आदेश कि जिला प्रशासन इसको तीन सप्ताह के अंदर खाली को तरा उसके तहत कलेक्टर महोदय ने आदेशित किया इसमें वैधानिक कार्रवाई करके इसको खाली कराया गया उसी के तहत एस डी एम सिकंगी ने नायब तहसीलदार जाह शुक्ला को आदेश कि आप उनको सूचना दे करके और इनको खाली करने की कार्रवाई किया जाए के द्वारा प्रत्येक परिवार को तक से नोटिस दी गई सूचना दिया गया कि आप इतनी तारीख तक खाली कर दें तथा ही शासन द्वारा इसको खाली इसी के तहत इसी के तहत लगातार सूचना और पहले चौदह सितंबर को खड़ी कराया जाना था लेकिन तो उस कारणों से नहीं खड़ी कराया तो गया सुबह बीस तारीख का डेट में खाली था बायदे लोगों को सूचित किया गया उसके पश्चात आज हम सभी लोग उपस्थित तो हुए और उनको लेवर और गाड़ी देकर के उनको स्वतः उनका आदेश अपना तो लोग अपना घर सुखा खाली कर रहे हैं और अपना सामान लेकर के जा रहे हैं जैसे शौक खाली हो जाएगा तो हम लोग उसको सब्सिक कार्रवाई करेंगे क्योंकि तो मकान अत्यंत जर्जर है और उसमें ए, कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है इसलिए हम लोग इसको माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर इसको वेतन